और एलिगेटर कहा जाता है कि एलिगेटर सबसे खतरनाक पानी का शिकारी है और उसका बाइट दुनिया की सबसे ताकतवर बाइट होती है ऐसे ही आज हम देखेंगे एलिगेटर के कुछ खतरनाक शिकार जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं एलिगेटर ने एकदम पानी से निकले तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले मगर मच के कुछ जानलेवा और खतरनाक हमले जो कि उसने अपने शिकार पर किए थे तो चलिए शुरू करते इस वीडियो को देखते हैं कितने खूफनाक हमले थे मगर के निकल कर लेपर्ट पर हमला किया इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक सुबह एक साइड ये पानी में मगरमच्छ और दूसरी साइड देख सकते हैं आपको आप कुछ हाए एलिगेटर ने उसके पीछे पेट पर हमला किया और पानी में डुबा दिया और इसमें देखो पेलिगेटर ने एकदम पानी में निकल कर हमला किया और इस बार किस्मत अच्छी थी उसकी बच गए और यहाँ देख सकते हैं बिल्कुल पानी में छुपा रही था दिखता भी नहीं और है वो उसने एकदम हमला किया गाय पर और गाय को पानी में डुबा के मार दिया और देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी मगरमच्छ मगरमच्छे दो लेफ्ट साइड में और दो राइट साइड में जो इसमें आप देख सकते हैं इस वीडियो में एलिगेटर ने वडा की टांग पर हमला किया था पीछे के पेड़ पर और विल्डा पूरी कोशिश कर रहा अपने यहाँ बचाने की मगरमच्छ का आप देख उसने बाहर खींच लिया लेकिन मगर छोड़ ही नहीं रहा वो पूरी कोशिश कोशिश कर कर रहा है अपने आप को बचाने की। लेकिन मच्छ के मुंह में एक बार जाता है वो छूटता नहीं दोबारा पूरी ताकत लगा रहा है वो, लेकिन मगरमच छोड़ ही नहीं रहा है उसे और यहाँ पर आप देख सकते हैं और बाकी बिल्डर बीच भी, भी खड़े होकर से देख सकते है वो भी और बिड़ला बीज इसकी ताकत देख सकते हो उसने पूरी तरीके से मगरमच्छ बाहर ही से बाहर निकाल लिया लेकिन मगरमच्छ मगरमच्छे छोड़ ही नहीं रहा इसीलिए कहते हैं कि मगरमच्छ का जबड़ा दुनिया में सबसे ताकतवर होता है तो क्योंकि वो एक बार इसको पकड़ ले वो छूट नहीं सकता उसके मुझे ये देखिए वो पूरी कोशिश कर रहा है रहा है लेकिन वही का वही है मगरमच्छ उसकी टांग छोड़ने को तैयार ही नहीं है बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहा हूँ अब देख सकते हैं अब बिरला भीज थकने लगा है धीरे धीरे मगर मचे से पानी में खींचने लगाया वापस और धीरे धीरे बिरला भी की हालत ख़राब हो रही है थक रहा है लेकिन मगर मैंने अभी भी उसकी टांग को मुंह मूँग दबा है। बस मगर मैं कुछ नहीं कर रहा उस टांग दबा हुआ है उसको थका रहा है बिरला भीज को अब देख सकते हैं वो पूरी तरह थकने लगाएगा लेकिन फिर भी अपनी आखिरी कोशिश करने में लगा हुआ है किसी तरह अपने आप को जिंदा बचाने रखने की कोशिश कर रहा है पर पर इस आप वीडियो में देख सकते। देख सकते सकते हैं हैं अभी पूरी लगा रहा रहा है है लेकिन उसका कुछ हो नहीं पा रहा है। पर एक और और एक छोटी वो भी पानी पीने आई है कि और आप देख सकते हो बाहर जेवरा और बाकी वीडा बीज है वो भी खड़े होके बस तमाशा ही देख सक रहे हैं। भी धीरे धीरे अब खत्म होने लगा है, लेकिन उसकी टांग ऐसे जबड़े में फंसी मगर मच जैसे अब देख सकते पूरी कोशिश कर रहा अभी बिल्डा भी से अपनी लगा रहा है लेकिन मगर मछे के टस से मसी नहीं हो रहा है उसने जो बस एक बार टांग पकड़ी है तो वो नहीं कर रहा कुछ और टांग पर ही हमला पकड़े हुए छोड़ नहीं रहा है धीरे धीरे बिडा बीज शायद अब खत्म मर नहीं वाला है लेकिन बिडा बीज भी।, भी अभी हार मानने को तैयार नहीं है वो भी वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश कर रहा है वो भी और मगर मच बस उसकी टांग पकड़े उसको धीरे धीरे थकाने की कोशिश कर रहा था कि वो दर्द के मार खुदी हाथ पैर फैला दे। देख सक दूसरे डाबिट भी उसके साथ ही देख रहे हैं देख सकता है बिल्डर भी सब थक गया बैठ गया पानी में लेकिन फिर उठने देखे फिर कोशिश कर रहा है अब वो फिर किसी एक बार फिर उसने कोशिश करी भागने की लेकिन कुछ हो ही नहीं पा रहा है वो अपने जिस तरह तो उसने पकड़ रखा है वो छोड़ने को तैयार तो ही नहीं है और बाकी जानवरों में आप देख सकते हैं साइड में खड़े सन्ना टाइम में खोफ फैला दिया मगरमच में वो भी पानी पीने ही आए थे लेकिन मगरमच्छ ने एक विविश को पेड़ से पकड़ लिया और वो धीरे धीरे उसको मारने की कोशिश कर रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ सिर्फ पूरे में सिर्फ एक ही मगरमच्छ है यहाँ पर और होते तभी तक उन पर हमला कर दिया होता लेकिन यहाँ पर एक ही है और दूसरा व्लबीज नहीं मगरमच्छ नजर नहीं आ रहा है बस एक छोटी सी बर्ड फिर रही है वो भी बेचारी पानी पीने आई है लेकिन वो भी डर के मारे पी नहीं पा रहे और यहाँ पर देख सकते हैं हम दो दरियाई घोड़े आ गएंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड में से दो दरिया ही घोड़े आ गए हिप्पो जिनको इंग्लिश में हिप्पो कहते हैं हिप्पो देखते हैं वो क्या करते हैं ये उनपो ने मगर पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं वो हिप्पो शाकाहारी जानवर होते हैं हिपो मास्क नहीं खाती वो देख कि विल्डा बीस्ट की मदद के लिए आएंगे उनने धक्का दे के बाहर भगा दिया विल्डा बिस्ट को और मगरमच्छ को आज लगता है भूखा ही रहना पड़ेगा किसी फरिश्ते की तरह आए दोहे बिल्डा बीस्ट के लिए और विल्डा बिस्ट की जान बचा ली अब देख सकते हैं उसका पेड़ पूरी तरीके से टूट चुका है एक पीछे का पेड़ जिस पर पे उसने हमला करा था मगरमच्छ नहीं उसका देख सकते हैं एक एंकल पूरा टूट गया है लेकिन वो जैसे तैसे बच गया बस आज तो तो किस्मत अच्छी थी की कि आ गए और उसको बचा लिया। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो खत्म करने का टाइम आ गए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें और आप अपनी राय दे सकते हैं वीडियो के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपने इस मगर मछले हमला किया था लेकिन विल्डा भी इसने भी हार नहीं मानी काफ़ी जद्दोजहद के बाद उसने अपने आप को बचा ही लिया मगर मज़ से तो इसे ही कहते हैं लगन और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम ऐसी और वीडियो आपके लिए ला सकें तो मिलते हैं किसी और वीडियो में